is a ghost Do you believe it It's amazing Who's the artist What This chubby girl I want to have this little package on our mantelpiece Edward Yes sir Um deri beti ka gana sunkar kuch inaande rahi hai Akle logi

वो पैसे तेरी बेटी के गीत के नहीं थे

Manufactured in an English factory using English metals, it crossed the seventh season an in English vessel. By the time it reached the barrel of your gun, it cost one pound, one pound sterling, and you would want to squander it on brown rubbish. Clear the road.

I I was scared out of my wits, huh? He scares me more. On the occasion of the annual special officers ceremony, only three

have been deemed worthy out of 75 candidates for the exceptional of contribution they are philip anderson charles langford frey pool rounds for the rest of you better luck next year just buzz

तो वेंकट अवधानी, स्पेशल एडवाइजर टू द निजाम। <laughs> गवर्नर स्कॉट स्कॉट इंडिया में में नहीं हैं। आप अपनी बात एडवर्ड सर सर से कह सकते <laughs> <laughs> हाल ही जब सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद ने भेजा है मुझे <laughs> आप उसे उसके घर दे दे तो अच्छा होता हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का यही मानना है

ऐसा क्यों वो दरअसल गोंडों की बच्ची है तो उनके सर पे सींग होते हैं क्या ना ना, नौले लोग हैं हर जुलमियों खामोश से लेंगे पर उनकी एक खास बात है वो भीड़ की तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं और अगर उनका एक भी मेमना खो जाए तो पागल हो जाते हैं

और इसीलिए उनका एक गडरिया होता है जान से उनकी हिफाजत करता है टू डाउन द माइटी ब्रिटिश बोर्न तो अब ये गडरिया तीर चलाएगा हम पे। हाँ, मुझे गलत मत समझिए मैं सिर्फ उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है

इस लड़की के खातिर पर्वत जंगल शहर पियर नदी खाई वो हर जगह ढूंढ कर रहेगा और चाहे वो मेमना शेर के मुंह में ही क्यों ना हुआ जरूरत पड़ी तो शेर का चपड़ा तोड़कर भी उस मेमने को बचा कर रहेगा सुनने में आया है कि अब ये शिकार करने दिल्ली पहुंच चुका है

गया है

के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं माफ करना भाई छ महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे हैं। मल्ली को छोड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर ली लेकिन मल्ली जिंदा तो होगी ना बेदया

The engine died on me again. What did you repair? I've been kicking, kicking, kicking, and this damn thing won't start. I'll check it out, sir. The car is off the gas, sir.

Maine kya kiya sab? You remove something earlier and attached it now so you could charge me again. Maine kuch nahi kiya sab. You cheating bastard. Maine kuch galat nahi kiya sab. Sab maaf kijiye sab. Maaf kijiye sab. Maine kuch nahi kiya sab. Chhod diye sab, chhod diye sab. Mujhe

प्लीज स्टॉप इट सब मैंने कुछ सब फिर से नहीं होगा बेटा बेटा वो आदमी नहीं जानवर है देखो कितना मार मारा है उसने अपनी खुददारी को इस तरह क्यों दबा रहे हो बेटा

अगर मेरा राज गया वो लोग मुझे बना देने के लिए आप सबको सजा देंगे आप सब मुझे आप पर कोई खतरा ना आए किसी भी हालत में मैं अपनी असलियत में ही बताऊंगा

We shouldn't really be bothered by these imbecile tribals. However, our good friend the Nizam, who knows the prowess of these tribals, seems to think so. And since this is a matter regarding the governor, we should act on it, with a good deal of bother. All right, sir. We will apprehend this bugger. Though I would rather roost.

this swine on a bit of coke cool, well we've got us have to find sir well yes and um, that is the catch of some we have nothing on him you mean nothing hmm. identifying features criminal history it's quite an impossible task

How the hell am I supposed to catch him? You think we're supposed to catch a freight? No crippled straight. The one that accomplishes the impossible will be promoted to the rank of special officer. Do you want him dead or alive?

it's him bring him dead you receive a bounty you bring him alive you will be promoted to special officer sare dilne jaane ki zarurat nahi usko jo chahiye wo squad ke bungalow par hai wo zarur aas paas hi hoga pakka wahi aayega wo

इतनी भीड़ में उसे कैसे पहचानेंगे वो दुश्मन के दुश्मनों को ही अपना दोस्त मानेगा हमें दिखाना होगा हम उसके साथ हैं। सबसे पहले ये तमाम बागी और क्रांतिकारी कहा मिलते हैं क्या क्या करते हैं सब का पता कीजिए

कर अंदर जाना है और बाहर आकर ही यू अपना काम करो और निकल जाओ आईडी बताओ यू आई डी बताओ

Stop! It. Stop! Forgive oh, me. Why are you hitting him like that? He's forgotten his ID, ma'am. That doesn't give you the right to treat him like an animal. Sorry, ma'am.

लड़की में हमदर्दी है अगर हमें हवेली के अंदर जाना है तो लड़की एक जरिया हो सकती है और रोधी का, चाहिए का। और जो हमारा हक है उसकी हम भी क्यों मांगे इनकला के अंदर फूक दो

एक मिनट एक मिनट ये तो हाथ घुमा के नाक पकड़ना हो गया वहा करो जहा गहरी चोट लगे स्कॉट को मार देते हैं अरे क्यों स्कॉट क्यों? किंग जॉर्ज को ही क्यों ना मार डाले कि बोला किंग जॉर्ज

सच कह रहे हो। स्कॉट स्कॉट को मारना मुमकिन मुमकिन है है? क्या? क्या क्यों नहीं? तुम्हारा क्या है? मेरा नाम नाम मेरा लच्छू। ने हम पर बहुत किए हैं। हम अपने भाई के साथ आए हैं यहाँ क्या आप हमारी मदद करेंगे जरूर करेंगे भाई किधर है मैं मैं आपको ले जाता हूँ आओ, आओ

तो यहाँ वहां भटक रहे थे समझ नहीं आ रहा था किससे मदद मांगे आप तो भगवान के रोम एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी चिकन लाइटस पास

इधर तूने देखने में तो हमारे जैसा ही था जब पता चला पुलिस में है तुम्हें भाग निकला पकड़े गए तो हम सब मारे जाएंगे <laughs> जब तक मैं नहीं कहता बाहर बिल्कुल मत निकलना अब राजू सांप अपने मेल में घुस गया है

गांव को दिया वादा रह जाएगा मिलने नहीं मिली

जी नमस्ते भाई। कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया करो खुद को क्या दाया भाई अम्मी

मा गए भाभी ने दिया है। हाँ लगा मुझे भाभी का नाम सीता आ राम और सीता यकीब के है

पता है इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मुझसे क्यों नहीं पूछा हाँ यार तुझसे क्यों नहीं पूछा दिखाओ ना मुझे भाई अगर यहाँ का होगा तो छट से पहचान लूंगा

यहां रुकेगी तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होगा भाई सड़क पर खील फेंके थे ना खैर पंचर हो गया अरे बाप रे तुम कितने चालाक हो भाई <laughs> अब मैं इसका पंचर ठीक कर दूंगा तो वो शुक्रिया बोलेगी और फिर हम बात कर लेंगे यही है ना

पास में ही है ठीक कर दूंगा. um, आस आसपास कोई बस स्टॉप या ट्राम स्टेशन है. हाँ बिल्कुल okay. पास में ही है. मैं

Are you going that way? Puch rahe he us taraf ja raha hai usko lift lega. No no no. Haan ha bol. Ha ha. Oh, that's yes. Yes. Uh, wonderful. Let me get my things. Can we take me to the market please?

छोटे हैं मेम साहब आपका घर बहुत बड़ा है आपकी हवेली घर बहुत बड़ा है मीन हाउस इज़ इज़ बिग इट बट नॉट नॉट रियली ब्यूटीफुल लाइक अ रियल होम एक बार देखना था मैं मैं उधर आ सकता हूँ क्या

I'm sorry I can't understand what you're saying. Aapka naam kya hai min sab? Sorry. What's up? Aapka naam Naam. Oh, you mean my name? Aapka naam kya hai min sab? Oh, don't call me memsab. It's just Jenny. Yes. Bahut hi itna bada naam. Chhota. Chhota sa chhota naam bhi hoga na min sab? Don't

mems up it's just genuinely yes donc oh, on y mise un petit ce genius <laughs> donc on y mise un petit ce genius donc on y allez re ye aapke matlab ka nahi hai bachon ka hai it it's not for me there is a small girl staying with us valley

This is for her. How much did it cost? Hey, <laughs> Sam, we should go to.

ye bahut acha lagega oh how beautiful she's going to love it did you make this no i i mean did you make this nahi nahi maine banaya good lord you were safe we were worried about you ma'am my earnest i am perfectly all right

Going out with a native can be dangerous, ma'am. Please come with me. Give me a minute. All right, ma'am. I would love to see you again. There is a party at the Jibkana Club. <gasps> This is the invitation. Please do try to come. Bye.

भाई हाँ भाई मैंने बात की उससे भाई अच्छा कैसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या भाई मेरा मतलब तुम्हारी प्रियतमा दिलरुबा महबूबा मासुका जाने मन गलत बात भाई

ऐसे नहीं बोलते नहीं बोलते अबे तुझे पसंद नहीं करती तो क्या तेरे मोटरसाइकिल पे बैठती वो? क्या आगे क्या आगे करना है बताओ ना। ठीक है उसका नाम क्या है अरे बहुत बड़ा नाम है भाई पर मैंने याद कर लिया डो कॉमी मेसा पीटी मेसा पीटी सी <laughs>

ये पूरा उसका नाम नहीं है वो कह रही थी मुझे साहब मत बुलाओ सिर्फ जेनी का हो। <laughs> जेनी। <लंगा> नहीं है। अच्छा <laughs> और क्या बात हुई बताओ जम के बात की भाई पर जाते जाते वो पार्टी कम ऐसा बोल रही थी हाँ पार्टी पर बुलाया वो भी पहली मुलाकात ये दिया उसने देखो

February 14 अरे ये तो आज है अभी याद है बंद कर चल निकल अभी अकेले तुम तुमने साथ चलो ना भाई ठीक है आता हूं हाँ। चलो फिर क्या ऐसे

when you went to ah kamless during the party you both carried on aljonia now

that you do

Are you arguing with me? Oh, I am so sorry. Don't worry, it'll come out. I'm so sorry. <laughs> no, It's completely fine. Every damn wanker thinks he can dance. What do you think of yourself, huh? You country oaf. <laughs> oh, Look at them. Wait.

Look at all these brown buggers. <laughs> What do they know about art? About finesse? About dance? Tango

सी नाच कुछ देसी नाच बैली उड़ा के

इसने तेरा कब तक दो तक मैं मर जाऊंगा भाई हाथ जोड़ता हूं हाँ। अब हाँ मेरे टांगे निकल जाएंगे और थोड़ी दूर लेके चलो ना बहुत दर्द हो रहा है इतना खुदा क्यों पता नहीं भाई जब तुमने सामने से चुनौती दी ना तो अंदर से एक जोश आ गया आर यू हर्ड व्हाट वाज हैपेंड एस यू राइट हीस गॉट अ बैड क्रैम्प कैन यू ड्रॉप हिम एट न्यू बसर ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स चल

Would you like to come to my place for a coffee before I drop you home? Pooch, rahi hai coffee pe ne. Ghara <laughs> honge.

Thomas? Good morning, ma'am. How are you today? I'm very good. Thank you so much. How about you? I'm good, thank you. Open the gates. The second gate only opens once the first is closed. I don't understand the need for such elaborate security.

two days he's been notified by the kirk aunt cathy wants have a grand ceremony everything's checked sir have you checked every door hundreds of people are working round the clock to make sure everything is smooth i don't want any hang ups officer yes sir see these lights they were commissioned what the hell are before. you doing here robert what are you doing he's with me he's here by my invitation let him go servants cannot use the main entrance man

I will show him the back entrance. Robert. Robert. He is not a servant. He's my friend. Let him go. A Jewish man. That was appalling behavior. I apologize. I'm I'm so sorry. Koi baat nahi. E you you're fine, right? Uh. Okay.

Let's forget about him. I was really looking forward to this. I have so much I want to show you. Please, come sit down. This is my room. And these are my paintings. What do you think? Please, sit down. <laughs> Your dance at the party took my breath away. <laughs>

It was amazing. Shukriya, Minsab. Jenny. Shukriya, Jenny. It was overwhelming. The beat pulsating through your body, the flying feet, the flashing eyes, the eyes.

Your deep, expressive eyes always seem like they're searching for something. Jenny, what's some wrong, Jenny?

में आए उसे काट डालेंगे चंगो लज्छ हो गए तेरा भाई कहा है?

ने वालों के हाथ नहीं लगेगा मेरा भाई जंगल का शहर है वो हमेशा आजाद रहे

कोई खबर आई क्या बेटा नहीं काका। उसने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी ये क्या है? चार साल हो गए उसे के. कब तक रहा देखे क्या हम उसे याद भी है ये गांव ये धरती उसका दिया वादा कुछ याद है उसे वो सब छोड़ो कम से कम तुम्हें याद करता है

जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तुम रोज इसी तरह मौत से मिलते रहोगे बोलो भाई किधर है?

का तोड़ तो गोरों के पास भी नहीं है

काम पूरा करना होगा अगर मौका निकल गया, तो को हम कभी नहीं पाएंगे। गाड़ी ठीक से चल रही है ना बे मैंने चला कर देख लिया बिल्कुल ठीक है जश्न शुरू होते ही हमें पहुंचना चाहिए चंगो सब ठीक से याद है ना याद है ना

आठ बजे आऊंगा हाँ बताया तुम से कहो गाड़ी फिर से देख ले जंगो हाँ जाकर भाटकों की आवाज सुनकर ठीक से याद कर लो समझे

मत तो उतारो ना इसके बिना तो तुम खतरे में पड़ सकते हो भाई तो ठीक होगा ना तुम जाओ भाई आगे खुली रखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ भाई मैं हूं ना तुम ठीक हो जाओगे भाई

छोटी मोटी काम करने लगे हैं तुम कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे मुझे थोड़ा जरूरी काम है भाई सुबह वापस आता हूं भाई मुझे भी तुम्हारे पास रहने का मन है भाई लेकिन मुझे जाना होगा मैंने तुमसे एक बात छुपाई है

मैं अक्तर नहीं हूं मुसलमान नहीं हूं भीम डोंगा बेटा अंग्रेजों ने हमारे गांव से एक बच्ची को उठा लिया उसे कैसे बचाया जाए किस पर भरोसा किया जाए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी मैंने यह भेज बदला। बहुत बार तुमसे मदद मांगने की सोची

मगर तुम पर कोई खतरा ना है इसीलिए नहीं बताया ना कि इसलिए कि हमें तुम पर यकीन नहीं मल्लिक को आज रात लेने जा रहे हैं हम सब अगर सलामत लौटा तो फिर मुलाकात होगी और अगर जान चली गई जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा चलता हूं अन्ना

is into the

बगावत करने के में में तुम्हें करता है तू पुलिस पुलिस वाले हो सच में तुम हो सच अफसर क्या मैं मान नहीं नहीं सकता हाँ तो कसम। मेरी कोई गलती तुमसे अपना दर्द बांटा था ना अना? अना? मेरी कोई गलती नहीं है अना? अना? एक बार मेरी आंखों में देखो ना एक बार मेरी तरफ देखो

मेरी बहन के लिए आए छोटी बच्ची है बच्ची है ना मैं अन्ना गुलाम रहूंगा ना मेरी बहन को ले जाने दो मुझे मल्लिक को ले जाने दो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा अक्तर चलो मेरे साथ सरेंडर कर दो

कैसे बोल सकते हो तुम हाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम और ऐसे पन्ना तुम हम में से एक हो तुम हम में से एक हो ना, ना। आगा। आगा।

is a lie

वरना

isn't sir even a monkey's won't speak we got the big fish dodge just a matter of time before we flush the rats out of the hose indeed it's good yes sir We're out owing to his outstanding performance at the field and for capturing a dangerous criminal

Mr A Rama Raju is being awarded the rank of special officer

सेकंड में पूरी होनी चाहिए ठीक है बाबा लोड़। लोड़। बाबा ये तो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए ही थे ना हमें आदत पड़ गई है अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए बाबा राइफल कब दोगे

मत जानते कहते हैं बाजार में रुपए की मिलती है लेकिन एक, बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली कैसे करते हैं गांव वालों सरकार की तरफ से फरमान है पिछले कई सालों से बाढ़ का बहाना करके आपका ये गांव लगान नहीं भर रहा जब एक अंग्रेज अफसर यहां पर पूछताछ करने आए थे

तब इस गांव के सरपंच बल्ला रेड्डी ने उनसे बदतमीजी और हतापाई की यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह है और रात की सजा सजाए मौत है Soja.

your gun is it was manufactured by an englishman at full pay it made its way here on an english ship by the time that single bullet has made its way to the barrel of your gun it has cost the crown 6 shillings you don't priest it on peasant stock find another way soldier yes sir <laughs>

कहा एक गोली की कीमत हम देशियों की जान से कहीं ज्यादा है। तो फिर ये गोली अपना मूल्य कैसे कमाएगी? तुम्हारी बंदूक से निकलकर जब यह सीधा किसी अंग्रेज की छाती को छनी करेगी उसके दिल से टकराएगी और ये आगूगल की गोली उसके खून में आएगी तब और इस दम पर नाम

आजादी। मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चुकोगे नहीं तब तक मेहनत करते रहो अरे कितनी बार कहा है पाए हाथ से मत खाया कर हुँ? जल्दी हो जाएगा ना मा <laughs> <laughs>

मैं ये क्या सीता, हमेशा यहीं पड़ी रहती है? है? है। कभी घर जाती है। राम जा होगा वहीं बहू बनेगी या नहीं नहीं, पता नहीं। पर बेटी तो अभी से है। तुम यहाँ अपनी फौज खड़ी कर रहे हो और मुझे वहाँ भेज दिया है पुलिस में मुझे तुम लोगों के साथ रहना है बाबा नहीं

तुम्हारा उधर रहना जरूरी है हमें वहां की खबर चाहिए ठीक है पर हम जीतेंगे कैसे ट्रेनिंग के बाद हमें हथियार चाहिए तुम्हारे पास एक राइफल है और कुछ गोलियां कितनों में मर दोगे हर गोली पे मरने वाले का नाम लिखा है और हर बंदूक पे चलाने वाले का आ गए वेंकटेश्वर लोन

अपनी चम ढूंढते हुए हथियार खुद बखुद आएंगे राइफल को ठीक से कंधे पर टिकाऊ <laughs> क्या हुआ?

बेटा

जंगल में चले मालूमती पहुंच सकते के। आप, सरो मेरी जंग ही मेरा वजूद है, और तुम उसका हिस्सा हो

去,你去,爸爸,去

अगर हर हाथ में हथियार होगा तो यह हमेशा के लिए अपने देश लौट जाएंगे वादा करो राम हर हाथ में हथियार होगा

सीता, कैसे हो? यहां सब हिसाब से चल रहा है। मैं जिन में काम करता हूँ अंग्रेज वहां से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं, और हर चालान के साथ के साथ हिफाजत लिए एक अफसर होता है। मुझे यह मौका जल्दी मिलेगा और फिर हथियार हमारे हाथ लग जाएंगे पर मेरा दिल भारी क्यों है, सीता? मैं जिनकी आजादी के लिए लड़ रहा हूँ उन्हीं को चोट पहुंचा रहा हूँ

मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है क्या इस कीमत पर मंजिल पाना ठीक है मैं नहीं जानता तुम तो मेरे साथ होना तुम्हारा राम वन दिस ऑफ यू यू टू डू नथिंग शेम शेम ऑन ऑन

I appreciate you, young man. Your service to the crown has been duly noted. Thank you, sir. I want this bastard punished. It's such a way that no person will ever rise up against the British. Oh, I want to watch it, darling. I want to see him bleed. And so you shall. Fuck him publicly.

Flog him till he falls to his knees, confessing his crime of daring to rise against us, and begs for mercy. Done. So. <laughs>

गवर्नर स्कॉट के बंगले आरोप जो घुसपैठिया पकड़ा गया उसे जनता के सामने सजा दी जाएगी कल सब लोगो का वहाँ मौजूद होना जरूरी है ये गवर्नर का आदेश है

ये के बल गिर करेगा नहीं तो इसे, सक्ष से, सक्ष severely. गुड नाइट दो

get net top beam

spackle <laughs> but he barely even cried out loud and where's the blood i was expecting a pool at his feet <laughs>

जाओगे घुटने टेक कर जुर्म कबूल करो और अपनी जान बचा लो

देने वाली घोड जाती दिल से तुझे

सा बहता वो दिल का

बंदूकों के कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है ये देखो आज से दो दिन में निकलने वाली है

देश के लिए कोई भी या फिर किसी की भी कुर्बानी है। सोचा कि भीम भी, भी उन्हीं में से एक होगा और पकड़वा दिया पर मुझे आज समझ में आया भीम कोई आहूति नहीं वो खुद ज्वालामुखी है जो क्रांति में बंदूकों के जोर पे लाना चाहता था वो भीम के एक गीतने ला दी पर तुम्हारा क्या

तो आग पर चलकर यहां तक आए हो अब हाथ आई मंजिल को इस मुकाम पर लाकर ऐसे ही जाने दोगे पंद्रह साल की बेहद साल और झेलूंगा, लेकिन मैं भीम की हरगिज़ नहीं दूंगा याद है बाबा चाहते थे हर हाथ में हथियार हो हर भीम के जज्बे ने हर एक आदमी को हथियार बना दिया मैं वो जज्बा लोगों तक पहुंचाऊंगा सोच लो बेटा राजू बहुत खतरा है

ज्ञान गवा दूंगे खुशी खुशी गवा दूंगे चाचा आई वॉन्ट द बेस्ट हैंडमैन फॉर द जॉब

To see his neck drawn out tight, and his eyes bulge and pop, just before his neck snaps. Yes, sir. But I doubt you'll see fear in his eyes. I mean, जो चाबू की बेरहम मार से भी नहीं डरा, वो मौत से क्या डरेगा सर? Yes.

and what was blatantly obvious was your abject failure at bringing this brute to his knees i'm sorry sir main kamyaab nahi ho hmm. paya mujhe ek aur mauka dijiye woh yahan jis ladki ko bachane ke liye aaya tha usse malli ke samne usko phansi lagate hain sir phir sare jahan ki dehshat iski aankhon mein nazar aayegi

the empire young man keep the flag flying yes sir have him ready for hanging by 4 am and get that wretched child here by 5 if i may sir yes agar usko yahan phansi di to log uski mazar bana kar ibadat karne lag jayenge bahar le jate hain jumna ke tat par wahi se uski laash pani mein baha de ke kisi ko khano kan khabar na ho ki

quite the spectacle i appreciate your effort my boy

those tyrants got alive why you're a skein and the last one of you <gasps>

चलता हूं तुम्हारे बिना मैं मैं कभी सीता मेरा एक हिस्सा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा <laughs> सीता मेरी अपनी हिम्मत मेरी ताकत है

तुम्हारी हिम्मत मेरी जीत होगी काका भैया चाचा मैं आप सबसे वादा करता हूँ।

के हर एक क्रांतिकारी के लिए मैं हथियार हासिल करके रहूंगा उसी के बाद मैं वापस यहां कदम रखूंगा मां गोदावरी की कसम

This jungle rat, Beam, is still proving elusive. We are very close, sir. Now, from the hanging point, his only means of escape is to Agra, and we are sealing it off. We are combing it, area by area, inch by inch, shutting it down.

any place he could possibly be hiding now is out of road can't get it meanwhile let's pay our special guest a visit showin as you ordered we are feeding him only once a week sir just enough to keep him alive feel the other day

Like these filth don't know so much. What's the matter? He'll be so starving, he'll be gnawing at his chains. <laughs> Exercising with only days to live. What do you hope to achieve?

माँ मा कर्म फला है दुर्भु माँ ते संकोच कर्मण्य मुझे अपने अंजाम से फर्क नहीं पड़ता जना

जब तक मेरी नसों में खून का एक कतरा भी बाकी है मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहूंगा

to recycle self

ठीक नहीं

Jijak san Jijak What's in the bag? Sir, the app small box. Small box? Are you sure? Jijak is small box, sir. This place is infected. Everyone out. Ha churtu sa

किस है? किसी को नहीं है पुलिस से आपको बचाने के लिए मैंने ऐसे बोला जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए मेरे मंगे तो ऐसा आइए ना मैंने आप लोगों की बातें सुनी बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए

ज नाराज हो जाता है बहुत बहुत तुम हमें जानती भी नहीं फिर भी इतनी मदद कर रही हो कौन हो तुम मेरा नाम सीता मैं विशाखापटनम से अपनी मंगेतर के लिए आई हूँ अच्छा और वो कहाँ है दिल्ली ब्रिटिश के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का काम करते हैं

का नाम सीधा ओहो घबरा नहीं वो वहां जो कर रहे हैं वो नौकरी नहीं वो संग्राम है

iconus

के बस हाथ लगने ही वाली थी लेकिन उसके लिए उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखे से गिरफ्तार करना पड़ा इस बात से वो बिल्कुल टूट गए समझ नहीं पा रहे थे कि वो सही है या गलत आखिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने दोस्त को बचा कर ही रहेंगे और उसको छुड़ा भी लिया

लेकिन इस कोशिश में खुद पकड़े गए सरकार ने मुझे ये चिट्ठी भेजी है आज से दो दिन बाद उनकी फांसी है लिखा है उनकी

से मारा और एक सच्चे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया।

मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो

What's going on, Edward? We arrived a bit late, sir. They escaped into the forest. They've done what? But they're still in the barracks. Don't follow them blindly. Take the special forces and nail the bastards. Oh, and one more thing. Don't shoot until you're close enough to confirm a kill. Absolutely, sir. Call the special forces. <laughs>

Nazaras coming out of everywhere. Believe me, sir. Down the wall. I'm sending additional troops. Do not let them escape. Yes, sir. More troops are all the way. Maruti by our angel. Tab tak jenga do na pharana ho paye. Do not let them escape. More troops are all the way. Edward. They had apne baba se vada kiya tha ki har hath mein hathiyar hoga.

chunon the sunlight maa godavari ki kasam khayi thi ki hathiyar milne ke baad hi wapas aaunga

क्षसों को छोड़ महासुर का श्रंगार करना है आप

फैक्ट्री में बनी समुद्र पार करके अंग्रेजी जहाज में आई है ना ये नुलेट काट एक देसी की जान से कहीं ज्यादा खीर थी बुलेट इसे कैसे लौटा वो दिल में सजा कर रखेगा

खोजान दी लड़ने के लिए नया रूप दिया तुमने मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए शिक्षा तो वर्ना